हमारा प्यार तुमसे देखा नहीं जाता कि हमारा प्यार तुमसे देखा नहीं जाता प्यार की जिद में सितारा देखा नहीं जाता कि प्यार की जिद में सितारा देखा नहीं जाता वो तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ने हमको मुड़वा दिया कि वो तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ने हमको मुड़वा दिया वरना पगली सूरज को दोबारा देखा नहीं जाता